हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरा फर्स्ट ब्लॉक में और आज मैं आया हूँ खेत और ये मेरा दोस्त खड़ा है पीछे एगो बेटा है और पीछे खेत है मखाना का इधर देख सकते हैं मखाना उठा रहा तब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अच्छी ब्लॉक दिखाने की कोशिश करूँगा मैं अभी जा रहा हूँ प्रोग्राम देखें तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अच्छी वीडियो देखने का मौका मिले अच्छी ब्लॉग देखने का मौका मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जा रहा हूँ मैं प्रोग्राम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए फॉलो कीजिए और ये मेरा दोस्त है तीन दोस्त खड़ा आए थे और आपको अच्छी वीडियो दिखाने की पूरा कोशिश करेंगे ये देखिए और मेरा दो दोस्त आ रहा है पीछे से 뭐? 아이고 예.